did though that they played with urgency and took this can afford to these cautions in this second half it's got a perseverance haritona <laughs> has a lot can has a goal league kid just needed better contacts another example of how comfortable this team is on the break

Roman. The leader finds himself eased off the ball.

वक़

भाई बंदी के लिए पता

what do i speak ma'am

तपस्वी में शव के अंदर चार्ट

आला बहुत गंदा खाया इसने मेरे को नहीं तो मर गई अरे भैया

भाई स्नाइपर तो नहीं दिया लश करके वैसे स्नाइपर नहीं चलती है कहीं टार्केट मैच दे दिया मेरे कहाँ बात करनी पड़ेगी मेरे वहाँ पबकी वालों से

एक और बन है भाई उधर

My God, खेलो, my God, दे रहे हैं एक है नहीं आया यही बेचारा देख रहा होगा अरे मेरा है, आ गया।

अरे बाहरी भी है

सूट भी मैं लास्ट गेम नहीं टीडीएम के लिए मारेगा थोड़ा जीत के साथ अलविदा कहें दोस्तों को तो अच्छा है के कौन 98 हिम लेगा क्या हमेशा

अरे अरे नंबर टू रिवाइव नंबर टू दे नंबर थ्री उतर रहा है गया

वैडल नंबर भी आते गया नम

बंधन के मुटेरा पटोला बन के गन्ना वे पिप्पल बखिया वही चूड़ा खनके बंधन के मटारा पटोला बन के, के गन्ना वे चूड़ पिप्पल बखिया वही चूड़ा खनके मेरे सोने आ सोण आवे मे मेरा कितने याद न

तो पी चिकन है आई नो दैट लास्ट वाला था ये वाला तो छोड़ना पड़ गया माफ़ी चाहूंगा चुन चुन कर रहा हूं ओह कुछ

मोहब्बत बड़ी सारी गुस्सा बन ओ मेरे दिल के जे ओ मेरे

चहना चैन, है मेरे दिल को दुआ दीजिए चैन, अपना ही साया सात अरे अरे अरे अरे कहा से आए बे तू

बखलौली हो गई मेरे साथ राम टीममेट को मारेगा। अरे, अरे अरे अरे कहीं पीछे चाना। पीछे चाना। अरे अरे, अरे। हेल्प ना कोई ना कोई तो मरेगा नेट से। आप बेड़े

अरे अरे अरे ये तो अलग ही गेम हो रहा है टाइम हो रहा है मेरे साथ अरे भाई मैं तो कितना हूं। आया नू आम अन्याद करना पड़ा भाई अच्छा खेलना है अरे गे लोग तुम्हें तो मार दे रहे हैं

भाई कुछ टैक्टिस बदलनी पड़ेगी अब ऑफ अरे पीछे से आया ये

टीम क्या कर रहा है यार बेकार हो रहा है तेरे भाई का क्या कर सकता है ओ हो यार यार

दौड़ेगा नहीं अभी ऐसे भाई क्या हो गया क्यों हो गया

यह तक गंदर ले अरे भाग

अध्यो भाई तो

इस गेम गिलिट हो गया था उस मैं मैं हक दिया अगला गेम ऐसा नहीं हो रहा आई विल डेफिनेटली ग्रैप दिस दिसनिंग गेम

Notice that there is a 10 second delay between casting the the screen and the actual game नोटिस दैट बिटवीन कास्टिंग मतलब बढ़े तो ऐसे मरना नहीं है yes. कितना गंदा टाइम ले लेता है यार आज कल

Tajus, brother, was in the lobby. Tajus, brother, OP in the chat, please. I think I've stopped the screens.